तो सबसे पहला शॉर्ट कट्स है कंट्रोल प्लस ए पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे पास टोटल अट्ठाईस पेज हैं ठीक है तो मैं यदि पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना होगा आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया मेरा पूरा पेज सेलेक्ट हो चुका है तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस बी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं तो जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करें एंड अपना की से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट पहले नॉर्मल में था अभी बोल्ड हो चुका है ठीक है इसी तरह से मैं इसको भी बोल्ड करके दिखाता हूं आप लोगों को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस बी आप लोग देख सकते हैं यह जो टेक्स्ट अभी बोल्ड हो चुका है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से हम आ, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं इमेज को किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट है इमेज से मैं ए वाला जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया इसको जहाँ भी मैं कॉपी करना चाहूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आप लोग देख सकते हैं ए वाला जो टेक्स्ट अभी मैं सिलेक्ट किया था यहाँ पर कॉपी हो चुका है ठीक है तो किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे कि मैं इस इमेज को भी कॉपी करके दिखाता हूं, तो इस इमेज को मैं सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया और यहां पे मैं पेस्ट करना चाहता हूं, तो कंट्रोल प्लस भी आप लोग देख सकते हैं जो इमेज यहां वाला इमेज यहाँ पर कॉपी हो चुका है ठीक है नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस डी किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे कि मैं इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो तो जिस भी टेक्स्ट का आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करें एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें जैसे ही कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे ए वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी फोन्टूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसका जो फॉन्ट है मैं इसको हेडिंग्स फ़ॉन्ट फॉन्ट इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ इसको मैं सेलेक्ट करके क्लिक किया राइट लेफ्ट एंड यहाँ से ओके okay. आप लोग देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो चुका है तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए करते हैं ठीक है जैसे कि मैं इसका फॉन्ट अभी चेंज करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट किया एंड Control प्लस डी यहाँ से मैं कोई भी फोन चूज कर लेता हूं, जैसे मैं ऑल ओवर अगेन ये वाला जो फोनट है इसको मैं यूज करके देखता हूं। एंड ओके okay. आप लोग देख सकते हैं इस टेक्स्ट का फोन चेंज हो चुका है तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी टेक्स्ट का फोंट बदलने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस ई किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे कि ये जो टेक्स्ट है ठीक है मैं इसको सेंटर में ले जाना चाहता हूँ तो जिस भी टेक्स्ट को आप सेंटर में ले जाना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करें एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है इसको करने का दूसरा तरीका एक और है कि आप जिस भी टैक्स को सेंटर में करना चाहते हैं उसके आगे अपने कर्सर को ले जाइए एक बार लेफ्ट क्लिक करें ये वाला कर्सर का आ गया है आप लोग देख सकते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस एफ किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट है मैं फाइंड करके दिखाता हूँ आप लोगों को अपने की से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करें जैसे ही कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे ए वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन को फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करने के बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं प्रोटेक्शन यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं हाईलाइट आल मतलब कि जहां जहां भी प्रोटेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस जी सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग किया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं पेज नंबर आठ में हूँ और मुझे यदि पेज नंबर 20 में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना होगा जैसे ही कंट्रोल प्लस जी मैंने प्रेस किया ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका जिस भी पेज में आप जाना चाहते हैं उसका पेज नंबर यहाँ पर आप टाइप करें मैं पेज नंबर 20 में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा एंड गो टू आप लोग देख सकते हैं मैं अभी पेज नंबर ट्वेंटी पर पहुंच गया हूँ ठीक है मैं फिर से पेज नंबर एट में जाना चाहता हूं तो मैं फिर से यहां पर पे पेज नंबर एट लिखूंगा एंड गो टू तो आप लोग देख सकते हैं मैं पेज नंबर आठ पे फिर से आ गया हूं ठीक है ऐसे इसको क्लोज कर देंगे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं What and where is the Microsoft Office button? ठीक है ये जो टेक्स्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको मैं replace करना चाहता हूँ तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से मुझे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करना होगा जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे ए वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस भी टेक्स्ट को आप replace करना चाहते हैं सबसे पहले उसको यहाँ पर टाइप करें मैं माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर मैं लाना चाहता हूं मेरा नाम मतलब कि पवन तो मैं यहां पे पवन लिखूंगा और यहां से रिप्लेस करूंगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ था लेकिन अब यहाँ पे पवन ऑफिस लिखा हुआ आ गया है ठीक है पवन आ गया है यहाँ पर आप रिप्लेस आल करेंगे तो जहाँ जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ होगा वहाँ पे पवन लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है क्योंकि मैं पवन के साथ इसको रिप्लेस किया था तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस आई किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए इसका उपयोग करते हैं ठीक है जिस भी टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें मैं इसको इटैलिक में करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूंगा जैसे ही कंट्रोल प्लस आई प्रेस के आप लोग देख सकते हैं इटेलिक में चेंज हो चुका है ठीक है मैं इसको भी इटेलिक करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल प्लस आप लोग देख सकते हैं इटैलिक में हो गया है मतलब कि कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट्स का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जस्टिफाई मतलब कि किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से इसके जो लाइन है इसको बराबर करना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है या अंदर घुसा हुआ है मतलब कि इसका जो लाइन है लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से दोनों साइड से ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग कर, कर, करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ सबसे पहले जिस भी पैराग्राफ को आप जस्टिफाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ अभी जस्टिफाई हो चुका है इसका लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से इसके जो लाइन है बराबर हो चुके हैं ठीक है तो कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक हाइपरलिंक देने के लिए इसका उपयोग करते हैं ठीक है जैसे कि मैं आप लोग करके दिखाना चाहता हूँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के प्रेस करें और आप यहां पर जिस भी चीज़ का लिंक देना चाहें आप दे सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर एक इमेज चूज करता हूं इसका लिंक मैं देना चाहूंगा ये वाला जो इमेज है इसका लिंक मैं यहां पर पेस्ट करना चाहता हूं तो इसको मैं सेलेक्ट करके ओके करूंगा आप लोग देख सकते हैं इसका ये हाइपरलिंक हो चुका है ए लिंक हो चुका है ठीक है ठेका? तो इसको ओपन करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को सबसे पहले अपने कर्सर को इस लिंक पर ले जाइए और कंट्रोल को प्रेस किए रहिए और अपने माउस माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक कीजिए आप लोग देख सकते हैं ओपन हो चुका है तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हाइपर लिंक करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए इसका जो लेफ़्ट साइड से इसके जो लाइन है ये बराबर नहीं है ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है अंदर घुसा हुआ है तो इसको इस पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इसके जो लाइन है इसको बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ एल का प्रयोग करते हैं ठीक है तो इसको मैं करके दिखाता हूं सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस ए एल ठीक है सॉरी कंट्रोल प्लस एल जैसे मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस किया ए लेफ्ट साइड से इसके जो लाइन है बराबर हो चुके हैं तो कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग लेफ्ट साइड से टेक्स्ट अलाइन करने के लिए किया जाता है इसके जो लाइन है इसको लेफ्ट साइड से बराबर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस एम हैंगिंग इंडेंट ठीक है मतलब कि इंडेंट बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है ठीक है जैसे कि इसको मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर लिखा है माई डियर मोम ठीक है इसका इंडेंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे तो जिस भी टेक्स्ट का इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं सबसे पहले उस टेक्स्ट के या पैराग्राफ में अपने कर्सर को ले जाइए और क्लिक कीजिए एक बार लेफ़्ट क्लिक, ठीक है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर रहा हूँ इसका इंडेंट बढ़ रहा है ठीक है मैं इस पैराग्राफ का भी इंडेंट बढ़ाना चाहता हूं तो इस पैराग्राफ में आ, कहीं पर भी मैं अपने कर्सर को ले जाता हूं एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा और कंट्रोल प्लस एम आप लोग देख सकते हैं इसका इंडेंट बढ़ रहा है तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग इंडेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस एम नया फाइल बनाने के लिए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नया फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया यहाँ पर नया फाइल ओपन हो चुका है ठीक है तो नया फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ नेक्स्ट शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस ओ किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस ओ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ओपन करने के लिए यहाँ पर फाइल आ चुका है मैं इसको ओपन करना चाहूँगा इसको क्लिक किया और ओपन तो आप लोग देख सकते हैं नया फाइल ओपन हो चुका है तो कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट का प्रयोग पहले से बने हुए किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है जैसे कि यदि मुझे इसको प्रिंट करना है पूरे पेज को तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूँगा पूरे पेज को प्रिंट करना है तो यहाँ पर ऑल है ऑल को क्लिक करेंगे और यहां पे ओके को क्लिक कर देंगे मेरे कंप्यूटर में अभी प्रिंटर नहीं जुड़ा है इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा नेक्स्ट शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस क्यू इंडेंट को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे ही अभी मैं आप लोगों को बताया कंट्रोल प्लस एम का कि इंडेंट को बढ़ाने के लिए ठीक है जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस एम करके इसका इंडेंट बढ़ा लेता हूँ तो कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग इंडेंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है ठीक है तो मैं अभी ये जो माई डियर मोम लिखा है इसका इंडेंट बढ़ाया हूं इसको समाप्त करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूंगा आप लोग देख सकते हैं इसका इंडेंट समाप्त हो चुका है ठीक है तो कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग इंडेंट समाप्त करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर लाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ देख रहे हैं ठीक है तो इसको कंट्रोल प्लस आर करेंगे इसको सेलेक्ट करके तो ये राइट साइड से इसके जो लाइन है ये बराबर हो जाएंगे कंट्रोल प्लस आर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड से बराबर हो गया है तो कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को राइट साइड से लाइन को बराबर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं जैसे कि मैं इसको सेव करना चाहूं तो अपने कीबोर्ड से मुझे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एस जैसे कंट्रोल प्लस य से आप प्रेस करेंगे या एफ़ ट्वेल्व अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ए वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप फाइल नेम जो भी नाम डालना चाहें डाल करके सेव कर सकते हैं ठीक है थीके? मैं यहाँ पर इसको सेव नहीं करूँगा तो कैंसिल करता हूँ नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी पेज पर हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं ये जो शॉर्टकट है ये कंट्रोल प्लस एम के जैसा ही है लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को हैंग कर देता है और उस पैराग्राफ के सेकेंड लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक के को पीछे की ओर धकेलता है ठीक है तो जिस भी पैराग्राफ को आप हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं उस पैराग्राफ में अपने अपने कर्सर को ले जाइए और एक बार लेफ्ट क्लिक करें और कंट्रोल प्लस टी प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं इस पैराग्राफ का फर्स्ट फर्स्ट जो लाइन है वो हैंग हो चुका है और इस पैराग्राफ के सेकंड लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक का जो लाइन है वो पीछे की ओर जा रहा है ठीक है आप लोग देख सकते हैं तो कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट का प्रयोग हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे यदि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुका है मैं इस इस टेक्स्ट के नीचे भी अंडरलाइन करना चाहता हूं तो इसको सेलेक्ट किया एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस किया तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जब भी आप किसी भी फाइल को या इमेज को टेक्स्ट को किसी को भी कॉपी करते हैं कट करते हैं तो इसको फिर पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं ठीक है जैसे कि ए वाला जो माई डियर मोम है ठीक है इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल प्लस सी करके मैं कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी प्रेस करना होगा ठीक है यहाँ पर मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस भी आप लोग देख सकते हैं जो माई डियर मोम है ये पेस्ट हो चुका है तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है आप लोग देख सकते हैं अभी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ओपन है ठीक है इसको मुझे क्लोज करना है तो मुझे अपने की से कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करना होगा करके दिखाता हूँ आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस किया ए वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है इसमें पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंज टू एम एस वर्ड शॉर्टकट डॉक्स यदि आप इसमें कोई चेंज अप्लाई करना चाहते हो तो यस करें नहीं करना चाहते नो करें ठीक है मैं यहाँ पर नो no करूंगा आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो चुका है ठीक है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स किसी भी टेक्स्ट को इमेज को या फाइल को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें इमेज है टेक्स्ट है ठीक है मैं इस टेक्स्ट को कट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को आप या इमेज को या फाइल को कट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करें एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करें आप लोग देख सकते हैं मैं जैसे कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस किया ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कट हो चुका है इसको मैं जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ ओके तो किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसको मैं कट किया ये जो टेक्स्ट है और यहां पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं ठीक है कंट्रोल प्लस भी आप लोग देख सकते हैं इसको मैं पेस्ट कर चुका हूँ और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा आप लोग देखना ये जो मैं कट करके पेस्ट किया हूँ ये वाला रिपीट होने लगेगा आप लोग देख सकते हैं ये वाला रिपीट हो रहा है ठीक है तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रिडू या रिपीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड पिछले किए हुए कार्य को वापस लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अंडू ठीक है मैं ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूं ठीक है डिलीट और मुझे लगा कि ये जो मैं अभी डिलीट किया हूँ मैं गलती से मान के चलिए डिलीट कर चुका हूँ और इसको मुझे वापस लाना है तो मुझे कंट्रोल प्लस जेड मतलब कि अंडू करना होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि पिछले कार्य को वापस पुनः दोहराने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का कर उपयोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट ठीक है ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किए रहिए एंड ओपन ब्रैकेट को जैसे प्रेस करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट मैं सेलेक्ट किया था उसका साइज़ का जो फॉन्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ठीक है तो इस शॉर्टकट का उपयोग किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट डिक्रीज़ करने के लिए करते हैं ठीक है किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रेकेट इस शॉर्टकट का उपयोग किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है जैसे कि मैं ए वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रेकेट प्रेस करता हूँ आप लोग देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है इसका साइज फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो रहा है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच